शुतोष महाराज जी की सच्चे दरबार की प्रिय भक्तजनों यू तो मनुष्य के अंदर में बहुत से अवगुण हैं बहुत से विकार हैं या यूं कहें कि मनुष्य एक अवगुणों की प्रतिमूर्ति है इसीलिए मनुष्य से कदम कदम पर गलतियां होती रहती हैं परंतु इन अवगुणों में इन विकारों में हमारे महाभोषो ने कहा कि पांच मुख्य विकार हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनसे छूट पाना बहुत ही मुश्किल होता है पाठ पढ़ो वेद विचार्यो नियम बुजंग सब साधे पंच जनाछु संग नहीं सुटक्यो अधिक अहम बुद बाधे कोई व्यक्ति कितने भी यत्न क्यों न कर ले इनसे छूट पाना बहुत ही मुश्किल होता है कठिन होता है परंतु इन पांच विकारों में भी एक ऐसा विकार है जो मनुष्य को हर पल हर क्षण प्रतिपल प्रतिक्षण जो पाप की ओर प्रेरित करता है जो उसके पुण्य छीन लेता है और हमेशा मनुष्य पाप की ओर प्रेरित तो होता रहता है पाप की ओर आकर्षित तो होता है वह विकार है वह अवकुण है लोभ लोभ एक ऐसा विकार है इन पांच विकारों में से जो मनुष्य को हर क्षण प्रतिक्षण पाप की ओर खींचता है पाप, पाप की ओर आकर्षित करता है पाप करने पे मजबूर करता है लोभ और पाप इन दोनों का घनिष्ठ संबंध कहा गया कविता जी कहते हैं कि जहां दया तहा धर्म है यहां लोभ तहा पाप जहा क्रोध तहा काल है यहां क्षमा तहा आप बोले सतगुरु आशुतोष महाराजी की सच्चे दरबार की संत कविरदास जी कहते हैं कि जहा पे क्रोध है वहां साक्षात काल है जहाँ पे दया है वहाँ पे धर्म है और जहाँ क्षमा है वहाँ प्रभु स्वयं आप होते हैं और जहां लोभ है वहाँ पाप है लोभ का और पाप का एक घनिष्ठ संबंध है लोभी हमेशा पाप कर्म करता है लोब है क्या है लोभ है मनुष्य के अंदर में लेने की वृत्ति शर्मा और बर्मा ये दोनों व्यक्ति बोटिंग कर रहे थे दोनों को ही तैरना नहीं आता था शर्मा अचानक बोट से नीचे गिर जाता है और चिल्लाने लगता है कि बचाओ बचाओ मुझे बाहर निकालो मैं डूब रहा हूं मुझे बचाओ वर्मा कहता है कि हे शर्मा शर्मा अपना हाथ मुझे दो मुझे अपना हाथ दो परंतु शर्मा हाथ नहीं देता है और चिल्लाता है कि मुझे बचाओ बचाओ बाहर निकालो वर्मा बार बार उसको कहता अपना हाथ दो, अपना हाथ दो, लेकिन नहीं देता वर्मा सोचता है कि ऐसा क्या है कि ये अपना हाथ नहीं दे रहा है वर्मा विचार करता है कि इसने जीवन के अंदर में केवल लेना ही सीखा है शायद इसकी डिक्शनरी के अंदर में इसकी जीवन डिक्शनरी के अंदर में देना कोई शब्द ही नहीं है जे केवल लेना ही सीखा है इसकी डिक्शनरी के अंदर में केवल लेना शब्द है ना कि देना वर्मा वाक्य को बदल के कहता है मेरा हाथ लो और शर्मा फट से वर्मा का हाथ पकड़ लेता है और बाहर आ जाता है ये जो शर्मा की डिक्शनरी के अंदर में उसकी जीवन डिक्शनरी के अंदर में जो लेने की प्रवृत्ति है देने की नहीं केवल लेने की यही लोभ है केवल लेना है लेना है लेना है लेना है माता पिता से लेना है भाई बंधुओं से लेना है मित्र दोस्तों से लेना है समाज से लेना है संसार से लेना है नारिंकार से केवल लेना देना नहीं और जो लेने की प्रवृत्ति है इसी को कहा गया लोभ इसी को लोभ कहा गया लेना है इज्जत लेना है सम्मान लेना है पद लेना है धन लेना है ज्ञान देना नहीं है जो लेने की प्रवृत्ति है मनुष्य के अंदर में यही लोभ है इसलिए जो लोभी व्यक्ति है जो लोभी मनुष्य है वो केवल लेना जानता है देना नहीं वो केवल लेना ही जानता है देना नहीं इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि लोभी का वैसा ना कीजिए जाका पार बचाए कि लोभी व्यक्ति के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए लोभी का विषार ना कीजिए कभी उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए चाहे आपको कितने भी वो प्रोत्साहन क्यों ना दे चाहे वो आपको कितने भी मीठी मीठी बातों से क्यों ना उसलाए उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए पता नहीं कब कहां लोभ उसका प्रबल हो और आपको धोखा दे दे लोबी का वैसा न कीजिए लोभी के अंदर में जब यही इच्छा प्रबल हो जाती है लोभी मनुष्य के अंदर में जब लोभ की जब लेने की प्रवृत्ति और प्रवृत्त हो जाती है तो फिर वो छीनता है फिर वो झूठ चल, फ्रेब इत्यादि का सहारा लेकर छीनता है झपटता है उसको चाहिए लोभी की जे लेने की भूख ये लेने की तड़प उसको अनैतिक कर्म करने पे मजबूर करती है उसको झूठ बोलने पे मजबूर करती है इसलिए लोभी व्यक्ति कभी भी लोभी मनुष्य कभी भी सच्चाई नहीं बोल सकता उसकी जुबान से उसके हृदय में हमेशा झूठ छल फ्रेब रहता है इन्हीं का वास होता है वह झूठ का सहारा लेकर लोगों को ठगता है जब लोभी व्यक्ति की लेने की वृत्ति अतृप्त रहती है लेने की भूख अपृप्त रहती है तो इसको पूरा करने के लिए इनका सहारा लेता है झूठ का छल का, का कपट का झूठ के सहारे से वो लोगों को कत्ल करता है झूठ के छुरे से लोगों को ठगता है मारता है कूड़ छुरा मुठ्ठा मुर्दार दानक रूप करतार रहुनानक देव जी कह रहे हैं कि कूड़ छुरा कि झूठ के छुरे से मुठ्ठा मुर्दार दूसरों को मारता है धानक रूप रहाया करतार कि जिस प्रकार से दानक दानक कौन होता है जो मुर्दों को जलाता है जिसको हम चंडाल कहते हैं जो मुर्दों को जलाने वाला चंडाल है जो धानक है उसकी कैसी प्रवृत्ति होती है कोई मुर्दा आए कोई मुर्दा आए शमशान के अंदर में क्यों ऐसी प्रवृत्ति क्यों रहती है उसकी हमेशा ऐसी सोच क्यों रहती है आज कोई मुर्दा नहीं आया क्या ऐसा संसार के अंदर में कोई व्यक्ति होगा जो दूसरे के मरने की कामना करता हो नहीं एक धानक की प्रवृत्ति और आज के समय में एक डॉक्टरों की प्रवृत्ति बहुत ही निकृष्ट होती है केमिस्ट वाले जितने हैं डॉक्टर जितने हैं हमेशा दूसरे के बीमार होने की कामना चलती है उनके मन के अंदर में कब कोई बीमार हो बीमार व्यक्ति ही तो डॉक्टर के पास में जाएगा लाचार व्यक्ति ही तो केमिस्ट की दुकान पे जाएगा इनकी ऐसी प्रवृत्ति होती है इनके अंदर में हमेशा मनोभाव ऐसा चलता है कि कोई बीमार हो कोई बीमार हो कोई बीमार हो कोई एक अपना ही कोई जानकर था दिल्ली में केमिस्ट की दुकान करता था उनके पास एक दिन मैं गया मैंने पूछा कि और आजकल कामकाज कैसा चल रहा है उस समय अप्रैल मई का महीना चल रहा था मई जून का कड़ी गर्मी पड़ रही थी दिल्ली में तो और भी ज्यादा गर्मी पड़ती है मैंने अनायास ही पूछ लिया कि और आजकल कैसा काम चल रहा है कहता भाई काम अभी मंदा चल रहा है मैंने कहा क्यों कहते बस एक हल्की सी बारिश हो जाए तो फिर काम अच्छा चल पड़ेगा मैंने पूछा ऐसा क्या है बारिश के साथ में तुम्हारे काम का क्या संबंध है कहते जिस प्रकार से अभी गर्मी पड़ रही है कड़ाके की गर्मी पड़ रही है अगर ऐसे में हल्की सी बारिश हो जाती है तो लोग बीमार हो जाते हैं क्योंकि ऊपर से भी धूप पड़ रही है और उस समय जमीन भी तपस छोड़ती है जब हल्की सी बारिश हो के रुक जाती है तो जमीन तपस छोड़ती है ताप छोड़ती है अंदर से भाप निकलती है ऊपर से भी गर्मी नीचे से भी गर्मी अनायास ही बाहरी प्रकृति का मौसम में परिवर्तन आ गया और उसी के साथ में मनुष्य भी जुड़ा हुआ है मनुष्य की प्रकृति के अंदर में भी परिवर्तन एकाएक जब आता है तो वो बीमार हो जाता है अगर बस एक हल्की सी बारिश हो जाए रुक जाए तब उसने मुझे बताया कि हल्की सी बारिश होने से लोग बीमार होंगे जब लोग बीमार होंगे तभी तो आएंगे तभी तो मेरा काम बढ़िया चलेगा मैं उस व्यक्ति की सोच को पढ़ के हैरान रह गया और उसके धंधे को देख के मुझे धिक्कार आया कि ऐसी भी सोच है ऐसा धंधा ऐसा विटनेस कि जो दूसरे के बीमार होने की कामना करता है धानक भी वैसा ही होता है जो चंडाल है वो भी वैसा ही होता है उसकी भी प्रवृत्ति वैसी ही होती है दूसरे के मरने की कामना करता है क्यों मरने की कामना करता है इसलिए कामना करता है कि मुर्दे के साथ में ही वर्तन आएंगे कपड़ा आएगा अन्न आएगा और उसी कपड़े को मैं बेचूंगा उसी अन्न को मैं खाऊंगा उसी वर्तन को मैं बेचूंगा और अपना जीवन यापन करूंगा चंडाल मुर्दों की कामना करते करते उसकी स्वयं की भी आत्मा मर जाती है जो दहनक होता है उसकी स्वयं की भी आत्मा मर जाती है दहनक रूप रहया करता। ऐसे ही जो लोभ में प्रवृत्त व्यक्ति होता है मनुष्य होता है उस लोभी व्यक्ति की भी आत्मा मर जाती है उसका भी जमीर मर जाता है वो कभी भी समाज का हित नहीं कर सकता जैसे धानक है वो कभी ये नहीं उसके अंदर से कभी भूल से भी विचार नहीं निकलता कि भाई किसी के घर का कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहिए क्योंकि जब किसी के घर के अंदर में मृत्यु होती है तो लोग कितने दुखी होते हैं लेकिन उस व्यक्ति को उस चंडाल को लोगों के दुख से कोई सरोकार नहीं है केवल अपने निजी स्वार्थ से लेना है वो कभी भी किसी के स्वस्थ होने की किसी के सुखी होने की कामना नहीं करता ऐसे ही लोभी व्यक्ति भी उसको भी कभी किसी के सुख से कोई सरोकार नहीं होता लोभी देना जाने ही बक अबक सब खाए लोभी कभी भी जनहित के कल्याण की नहीं सोचता उसको तो अपना मतलब निकालना बक अबक सब खाए उसकी भी आत्मा मर जाती है उसका भी जमीर मर जाता है ये जो लेने की प्रवृत्ति है उसको जब शिखर पे पहुंचती है तो छीनता है झूठ के छुरे से, से, से, छल चे, चे। और जब वो छीनता है तो छीनने वाला व्यक्ति अपराधी होता है यही लोभ की प्रवृत्ति उसको अपराध करने के लिए मजबूर कर देती है और अपराधी व्यक्ति पाप का भागी होता है उसका पाप अक्षम में होता है क्योंकि अपराध जो भी किया जाता है जान बुझे किया जाता है इसीलिए लोबी के लुटेरा होने में लोबी के अपराधी होने में कोई संशय नहीं है वो कब कहां लुटेरा हो जाए कब कहा अपराधी हो जाए कोई नहीं कुछ कह सकता बहुत असार रहते हैं उनके अपराधी होने के लुटेरा होने के दूसरी प्रवृत्ति होती है मनुष्य के अंदर में देने की देना है ज्ञान देनी है विद्या देना है संगीत देना है धन देना है सुख देनी है इज्जत देना है सम्मान ये जो देने की प्रवृत्ति है ये पुण्य प्रवृत्ति कहलाती है पुण्य प्रवृत्ति कहलाती है इसी तो को दानी कहा जो देता है वो दानी जो लेता है वो लोभी दानी, दानी के अंदर में हमेशा विचारों का प्रभाव उसके मन, मन के अंदर में हमेशा देने की भावना बनी रहती है देना है सम्मान देनी है इज्जत देना है सुख देना है ज्ञान देना है देना है देना है इसलिए देने के साथ में दानी और लेने के साथ, के साथ में लोभी लोभी पापी पाप लोभ लोभ पाप पुन, पुन दान, दान दान पुन इन दोनों शब्दों का प्रचलन हुआ दान पुन पुन, पुन, पुन, पुन, पुन, पुन, पुन दान पुन्नी कौन है जो दानी है दानी कौन है जो पुण्य करता है पापी कौन है जो लोभी है लोभ पाप दान पुनः यहां से समाज के अंदर में प्रचलन निकला इसलिए देने वाला दानी लेने वाला लोभी प्रवृत्तियां व्यक्ति के अंदर में हमेशा चलती हैं परंतु एक पुण्य की तरफ ले जाती है और एक पाप की तरफ ले जाती है लोभी ठगता है अपने माता पिता को ठगता है अपने बंधुओं को ठगता है भाइयों को मित्रों को जब वो ठगता है तो उसी, उसी को कहा गया लोभी। इसलिए इसी, इसी के बारे में श्री गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि हे लोभा, लंपट सिर मोरे अनेक लहरी कलोलते धारण ते जिया बहुत प्रकार अनेक भांत बहु डोलते नचे मित्रं नचे बांधव नचे इष्टम नचे मात पिता तो लज्जया कि लोभी को माता पिता को ठगते हुए भी तो लज्जा लज्जा नहीं आती शर्म नहीं आती लोभी को अपने मित्रों को ठगते हुए भी कभी शर्म नहीं आती लज्जा नहीं आती अपने इष्ट मित्रों को भाइयों को अपने ही परिवार को ठगते हुए भी कभी उसको लज्जा नहीं आती क्यों क्योंकि लोभ इतना प्रबल हो गया है कि उसकी आत्मा के गुण को उसने दबा लिया है और जब ऐसा कर्म करता है वो तो उसका पाप भयंकर बनता बन बन बन है यूं तो हर लोभ के से प्रवृत्त करने वाला कर्म जो लोह से, से प्रवृत्त होकर वो कर्म करता है कृत्य करता है वह पाप ही होता है परंतु इन सब पाप कर्मों की सजा और पुण्य कर्मों की सजा तो ईश्वर के हाथ में है ईश्वर देते हैं जो पुण्य करता है उनको भी फल देते हैं जो पाप करता है उनको भी फल देते हैं परंतु इस शब्द के अंदर में एक आया नज ईष्टम की वो लोभी अपने इष्ट को भी नहीं छोड़ता ईष्ट अर्थात परमात्मा गुरु उनको भी नहीं छोड़ता उनको भी नहीं बख्शता और शास्त्र कहते हैं कि अन्य जगह आपने किया हुआ पाप कृत्य हो सकता है इस जन्म में आपको सजा ना मिले अगले जन्म में उस पाप कर्म की आपको सजा मिले परंतु जब कोई ईष्ट को ठगता है गुरु को ठगता है गुरु के साथ में लंपटपन करता है हे लोभा लंपट संग सिरमोरे कि लोभ पाप का सिरमोर है सिरमोर किसको कहते हैं हमारी पूरी बॉडी का सबसे ऊपर का हिस्सा क्या है सर जो सबसे ऊंचा है सबसे ऊपर है उसको कहा सिरमोर और ये लोभ है श्री गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं हे लोभा लंपट संग सिरमोरे लोभ पाप का सिरमोर है पाप का सिरमोर अनेक लहरी कलोलते लोभी व्यक्ति के अंदर में हमेशा लेने की लहरें उठती रहती हैं लेने की रहने लेना है लेना है जैसे सागर के अंदर से अनेक प्रकार की लहरें उठती हैं एक लहर अभी किनारे तक पहुंचती नहीं है कि पीछे से 20, 25, 50 और लहरें उठना शुरू हो जाती हैं उसके पीछे पीछे आती हैं किनारे की तरफ दौड़ती हैं ऐसे ही लोभी व्यक्ति के अंदर में जो लेने की प्रवृत्ति है जो लेने की भावना है ये लेने की लहरें हमेशा उठती हैं हमेशा दौड़ती रहती है कभी उसको शांत नहीं होने देती धारण जिया बहुत प्रकार अनेक भांत बहुत डोलते उसका जो मन है हमेशा डोलता रहता है डामा डोल होता है। रहता है हमेशा डोलता रहता है कि लेना है लेना है लोभी व्यक्ति कभी भी शांत नहीं हो सकता हमेशा विचलित रहता है हमेशा उसके अंदर से लेने की जो तरंगें हैं उठती हैं और वो उसको कभी भी सुख शांति प्रदान नहीं करती जो लेने की प्रवृत्ति है कभी व्यक्ति को शांत नहीं बैठने देती हमेशा उसका मन चलाए मन रहता है लेना है लेना है लेना है, लेना है। जब यह, यह व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ में लंपटपन करता है ठगी करता है पाप कर्म तो बनते हैं परंतु जब इष्ट के साथ में करता है तो इसी जन्म के उसके अंतर उसको सजा मिलती है इसी जन्म में। और कर्मों की अन्य जन्म में सजा मिल सकती है लेकिन जब इष्ट के साथ में करता है तो उसको इसी जन्म में सजा मिलती है हमारे महापुरुषों ने कहा कि गुरु से कपट यार से चोरी कोई बने अंधा, कोई बने कोड़ी गुरु से कपट करने वाला और यार से चोरी करने वाला विश्वासघात करने वाला अंधा जग कोड़ी कोड़ किनको होता है जानते हैं कोड़ किन व्यक्तियों को कोड़ की बीमारी होती है कोड़ की बीमारी उन व्यक्तियों को होती है जो पांच प्रकार के कुकृत्य करते हैं कौन सा पहला गुरु पत्नी का गमन धर्म की धन धर्म के धन को खाना जो धर्म प्रचार के लिए एकत्रित किया गया उसको खाना गुरु पत्नी का गमन धर्म के धन को खाना और किसी के साथ में विश्वासघात करना कुल घाती होना और विप्र की हत्या करना ब्राह्मण को मारना जो तो ये पांच प्रकार के, के कुकृत्य कुक करते, करते हैं, हैं। उनको, उनको कोड हो जाता है उन्हीं को कोड होता है इसी बात को जन्मेजे कहते हैं जब भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि हे है जनमेजा तुझे कोड़ होगा और तू कोड़ और की बीमारी से तड़प तड़प कर मरेगा जनमेजा कहता है यही तर्क देता है कहते हैं कि शास्त्र ये कहते हैं कि कोर तो उन व्यक्तियों को होता है जो गुरु पत्नी का गमन करते हैं जो धर्म की धन को खाते हैं जो गुरु की गोलक को, को खाते हैं जो किसी के साथ में विश्वासघात करते हैं जो कुल घाती होते हैं और जो ब्राह्मण की हत्या करते हैं मैंने तो अपने जीवन काल के अंदर में कोई भी ऐसा कुकृत्य नहीं किया तो मुझे कोड़ क्यों होगा ना मैंने कभी गुरुपत्नी का गमन किया ना मैंने कभी किसी के साथ में विश्वासघात किया ना मैंने कभी कुलघाती का कोई कर्म किया और ना ही मैंने कभी ब्राह्मण की हत्या की तो मुझे कोड क्यों होगा वेद जी कहते हैं कि अभी तक तो तूने नहीं किया जन्मेजा लेकिन हे जन्मेजा तू आगे करेगा भविष्य में तू करेगा तू यज्ञ करेगा और उस यज्ञ के अंदर में अठारह ब्राह्मणों की तू अपने हाथों से हत्या करेगा और तुझे ब्रह्म हत्या का पाप, पाप लगेगा और तुझे उस पाप का फल पाँ मिलेगा कोड और तू कोड से तड़प तड़प के मरेगा और जन्मे जाय के साथ में यही होता है अठारह ब्राह्मणों की हत्या करता है ब्रह्म हत्या का पाप लगता है कोड़ होता है जो ये पांच कृत्य करते हैं उनको कोड़ की बीमारी होती है वही लोग से मरते हैं और, और इसी बात, बात को पाई, पाई नंद लाल जी, जी, जी, जी कहते हैं दसम ग्रंथ के अंदर में वह कहते हैं कि जो मर्यादा हिंदुआ गौ मास अखाट मुसलमाना सूरू सोगंध ब्याज सौरे कर जमाइए पानी मदरात त्यू धर्म छाल की छाड है देव बंडो पात वो कहते हैं कि समाज के अंदर में हमारे मह, हमारे महापुरुषों के द्वारा कुछ मर्यादा बनाएगी क्या मर्यादा बनाएगी उन्होंने कहा कि जो मर्यादा हिंदुओं हिंदुआ गौ कि हिंदुओं के लिए एक मर्यादा बनाएगी कि जो हिंदू हैं उसको गाय का मांस नहीं खाना है गाय का मांस नहीं खाना है ये एक मर्यादा समाज के अंदर में स्थापित की गई और मुसलमानों के लिए एक मर्यादा स्थापित की गई कि उसको शोर का मांस नहीं खाना है मुसलमानों सो गंद ब्याज और मुसलमानों के साथ में एक और मर्यादा रखी गई कि मुसलमान कभी भी किसी को ब्याज पे पैसे ना दे इस साइड में पता नहीं लोग ब्याज में पैसे देते हैं या नहीं देते हैं लेकिन हमारे सरायपाली साइड में बहुत देते हैं हमारे प्रेम ही उसमें बहुत सारे अनवॉल्व हैं। लेकिन हमारे महापुरुषों ने यह एक मर्यादा बनाई कि किसी भी व्यक्ति को ब्याज पे पैसा नहीं देना चाहिए क्योंकि वो पाप बनता है ब्याज पे दिया गया पैसा कभी किसी को फलीभूत नहीं होता हाजम नहीं होता क्योंकि आपके पास में जो व्यक्ति मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बनी है ही मुश्किलों